मैं अभी नागलोई से अब अपनी जर्नी गुजरात सफर नामे को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप आपको यह सफ़र पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से प्लान की हुई है गुजरात में मैं फाइनली पहुंच गया ये मेरे घर का मंदिर है जब भी मैं अपने नए सफ़र पर निकलता हूँ तो सबसे पहले यहाँ सिर झुकाता हूँ एजुकेशन सेक्टर तो ठीक है सीएम साहब लेकिन ये जो रोड और नाली का बुरा हाल हुआ पड़ा है दिल्ली में इसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होगा अपने को काम भी करना है अगर हम इन जगहों का पानी खाली वाइप आउट भी कर देना तो भी ये चलने के लिए हो जाएगा लेकिन कोई इस पर ध्यान दे तब तो सबको खाली बस सरकारें चलानी है कुर्सी बचानी है लड़ाई झगड़े दंगे करवाने लेकिन समाज की मूलभूत समस्याएं उसको आप लोग ध्यान नहीं देते हो और बताइए हम कैपिटल में रह रहे हैं और कैपिटल का ये हाल है आप देख सकते हो बुरा हाल है पूरा रोड खराब किया हुआ है जब भी ये लोग रोड नया बनाते हैं फिर कभी पानी के नाम पे कभी सीवर के नाम पे इन लोगों का रोड हमेशा ही टूकता खराब होता रहे तो जनता को आप लोग पागल बनाना बंद करो और कोई भी एक काम परफेक्ट तरीके से करो ताकि इन समस्याओं के ऊपर बार बार वोट ना मांगना पड़े आखिरकार मैं नागलोई के मेट्रो स्टेशन के पास आ गया आप देख सकते हैं मेरे आई साइड में नागलोई की मार्केट है तो फिलहाल मैं अभी नागलोई से अब अपनी जर्नी गुजरात सफर नामे को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप आपको ये सफर पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने पहले से प्लान की हुई है दिण दिण ये जो मेरा गुजरात सफरनामा है ये आ, देश के कई राज्यों से होकर गुजरता है अगर हम दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करें तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा और ये जो आप देख रहे हैं यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच फैला है बहुत ही सुहावना सफ़र था ये तो फाइनली मैं वरा रेलवे स्टेशन पे आ गया अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है तो फिलहाल अब आगे मुझे बस से निकलने मुझे आते ही यहाँ से सरकारी बस खड़ी मिले, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा अब मेरा अगला सफ़र यहाँ से बागोड़िया के लिए है कार में अपने भैया के यहाँ बाघोड़िया पहुँच गया बाकी बागोड़िया आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है छोटा सा गांव है लेकिन आपको हर चीज़ ज़रूरत की हर चीज़ आपको यहीं मिल जाएगी लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे भैया की दुकान थी मुझे लगता है कि वो ऊपर कहीं दिख रहा है दिख रहा है उन्होंने शिफ्ट कर लिया